जय बाला सती माताजी रूप कुमार बाप जी मित्रों आज हम आपको राजस्थान की ऐसी खबर दिखाएंगे पिछले कुछ समय से सती के बारे में भ्रामक धारणा बन गई है लोग अपने पति के शव के साथ जलने वाली नारी को ही सती कहने लगे हैं जबकि सत्य ये है किस प्रकार देह त्यागने की परंपरा राजस्थान में तब पड़ी जब विदेशी और विधर्मी मुगलों से युद्ध में बड़ी संख्या में हिंदू सैनिक मारे जाते थे उनकी पत्नियां शत्रुओं द्वारा भ्रष्ट होने के भय से अपनी देह त्याग देती थीं। ये परंपरा वैदिक नहीं है और समय के साथ ही समाप्त हो गई है कि जो नारी मन वचन और कर्म से अपने पति परिवार समाज और धर्म पर दृढ़ रहे उसे ही सती का स्थान दिया जाता था इसलिए भारतीय धर्म ग्रंथों में सती सीता सावित्री आदि की चर्चा होती रही है वीरभूमि राजस्थान में भी ऐसी ही एक महासती रूप कवर हुई है उनका जन्म जोधपुर जिले की रावड़िया गांव में हुआ उन्नीस 19 अगस्त 1903 को। उनकी में अब वो रूपनगर कहलाता है। रूप कवर के पिता भी लाल सिंह तथा माता श्रीमती जड़ाव कवर थी बचपन से ही उसकी रुचि धर्म एवं पूजा पाठ के प्रति बहुत थी रूप कवर के ताऊ श्री चंद्र सिंह घर के बाहर बने शिवलिंग की पूजा में अपना अधिकांश समय बिताते थे उनका प्रभाव रूप कंवर पर पड़ा उन्हें वो अपना प्रथम गुरु मानती थी 10 मई 1919 को रूप कंवर का विवाह बाला गांव निवासी जुझार सिंह से हुआ पर केवल 15 दिन बाद ही वो विधवा हो गईं। लेकिन रूप कंवर ने धैर्य नहीं खोया उन्होंने पूरा जीवन विधवा की भांति बिताने का निश्चय किया वो भूमि पर सोती तथा एक समय भोजन करती थी घरेलू काम के बाद शेष समय वो भजन में बिताने लगी पंद्रह फरवरी 1942 को उन्हें कुछ विशेष आध्यात्मिक अनुभूति हुई लोगों ने देखा कि उनकी वाणी से चमत्कार होने लगे हैं उन्होंने गांव के चंपालाल व्यापारी के पुत्र गजराज तथा महंत दर्शन रामजी को मृत्यु के बाद भी जिला दिया पंद्रह फरवरी 1943 के बाद रूप कंवर ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया परिजनों के अत्यधिक आग्रह आरोप उन्होंने दो ग्रास निकलने की कोशिश की पर उसे भी उन्होंने तुरंत ही वमन कर बाहर कर दिया इसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि जिस दिन से रूप कवर में सत जागृत हुआ उस दिन से लेकर अपने शेष संपूर्ण जीवन काल के लिए अंत तक उनका सदा के लिए खान पान छूट गया ये देखकर लोग उन्हें जीवित सती माता मानकर बाप कहने लगे वे अधिकांश समय मौन रहती उन्होंने संत गुलाबदास जी महाराज की दीक्षा ली और श्वेत वस्त्र धारण कर लिए उन्होंने आहार लेना बंद कर दिया लोगों ने उनकी खूब परीक्षा ली पर वे पवहारी बाबा की तरह बिना खाए पिए केवल हवा के सहारे ही जीवन यापन करती उन्होंने दो बार तीर्थ भी की। मान्यता है दर्शन हुए वहां उन्होंने शिव मंदिर बनवाया और अठारह जनवरी उन्नीस सौ अड़तालीस को उसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की उन्होंने एक अखंड ज्योति की स्थापना की जो आज तक जल रही है उसकी विशेषता ये है की बंद आले में जलने के बावजूद वहां काजल एकत्र नहीं होता वे कभी पैसे को छूती नहीं थी उनका कहना था कि इससे उन्हें बिच्छू के डंक जैसा अनुभव होता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके भक्त थे उनके आग्रह पर वे सात दिन राष्ट्रपति भवन में रही भोपालगढ़ में गौशाला के उद्घाटन में हवन के लिए उन्होंने एक बछिया को दोहकर दूध निकाला वो बछिया अगले 14 साल तक प्रतिदिन एक लोटा दूध देती रही ऐसी महासती माता रूप कवर ने पहले से ही निर्धारित एवं घोषित दिन 16 नवंबर उन्नीस कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत बीस तैतालीस को महासमाधि ले ली ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और कमेंट करके जरूर बताएं। एन पब्लिक भारत ऐसी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद